अरे फोन पेट क्यों नहीं हो रहा? एक तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा, ऊपर से ये नहीं लग रहा। अरे, यार, अरे तो ये के पीछे क्या पड़ी है? कल ही तो हमने ऑर्डर किया था ना? अरे हाँ, वो लग गया। चल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चल, so guys welcome back to our channel. ये ये ये है। फोटो इज़ इज़। ना सच्ची। तो हम लगाने वाले हैं। एलियन रही मुझे तो फर्स्ट टाइम लगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे फोन मुझे पता है। जाते ये है ना जो हम लोग वो ऊपर जाकर शूट लेते हैं ना उसके लिए हमने लिया है ये ब्लॉकिंग के लिए लिया है और हमारे पास एक बड़ा वाला भी है रिंग लाइट भी है हमारे पास ना तीन चीज़ों पर तो हम जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और चीज़ें अच्छी हम वीडियो बना पाएंगे है ना हाँ तो आज हम क्या करने वाले तो इसका इसका करेंगे ट्राई इसका फ़ोटोज़ दिखाने आपको फोटोज दिखेगा किसके साथ कैसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैसे आते हैं और ये है ना आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना फोल्डिंग होता है ये राउंड राउंड होता है और ये, ये इस तरह भी बैठता है ये ऊपर होता है ये ऐसे होता है शहर तो भी घुमा घुमाकर लगा सकते हैं उसके सारे फोटोज आपको खींचाएंगे आप लोग आ, हम लोग जैसे टैरिस शूट करने के लिए गए थे तो आ, कोई लोग ला आ कुछ शे पकड़ने क्योंकि ऐसे पकड़ने में अजीब से तो ये वो देखा तो ये हम इसके साथ आप फोटो देख पाओगे ये देखो कि बार बार ऐसे हो जाता झुक झुकझा फूटा होता और हमारे पास एक रिंग लाइट है और एक वो, सिंपल वो भी स्टैंड भी है और ये so, चढ़ने वाला भी स्टैंड है और कल तो बहुत ही मज़ा आया था वो शूट करने के बाद ओके तो अभी आप फोटोज देख लो और तब तक, तक ले जो फोटो उससे उसे वो ट्राई करने करने के लिए चल रहा है। करने के लिए लिए चल चल रहा है और जो अभी यूज़ कर रही है वो है। <laughs> जो... थोड़ी नॉर्मल है नौर्मल है हाँ, फोटोस करेंगे। हम लोग ने ढेर सारे रील्स बनाए है इंस्टाग्राम पर देख सकते हो तो सोनम अभी इधर शूट भी लेना है हमें और हम जल्दी एक अपने न्यू दीदी के साथ ब्लॉग शूट करने वाले हैं आ, मेरी आँख है ध्यान रख देखा ठीक